ज़िंदगी में जब सब कुछ बुरा होता है ना तो इंसान को किसी चीज़ में मन नहीं लगता वो इंसान ना खुश होना ही भूल जाता है चाहे माहौल कितना भी खुशनुमा क्यों ना हो वो अपने आप में अपनी दुनिया में ही उलझ जाता है उसे खुशियों से कोई मतलब नहीं होती है उसे दर्द में जीना ही अच्छा लगता है वो इंसान जीना भूल जाता है हँसना भूल जाता है उसे खुशियाँ भी बहुत लगती है और ये दर्द ना मौत से भी ज़्यादा तकलीफ देती है ना भगवान मौत देता है ना इस दर्द से रिहाई चाहे वह इंसान कहीं भी चला जाए पर उसका दर्द उसके साथ हमेशा रहता है आँखों में नमी चेहरे पे झूठी मुस्कान और दिल पर ढेर वो जख्म उसे अंदर ही अंदर खोखला कर देता है जिंदगी उसकी बदसल हो जाती है न किसी चीज़ में खुशी महसूस होती है न किसी के साथ सुकून मिलता है बस दर्द ही दर्द जो उसे ज़िंदा लाश बना देता है